राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत रामशिलाएं लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए इस दौरान उनके साथ उनका परिवार और करीब 500 श्रद्धालु श्रद्धालु के लिए निकले हैं राजपूत ने बताया कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने इसके लिए श्रद्धालु उत्साहित हैं। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गयी राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा से रामशिलाओं के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए इससे पहले वे राम मंदिर गए जहां उन्होंने भगवान राम के दर्शन कर पूजा अर्चना की मंत्री राजपूत के साथ उनकी धर्म और करीब 500 लोग इस यात्रा में शामिल हुए इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अयोध्या जाने को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है सबकी मंशा है की रामला भव्य मंदिर में विराजमान हो रैली के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में जोश देखा गया ढोल नगाड़े के साथ मंत्री राजपूत साथियों के साथ अयोध्या के लिए निकले करीब पांच श्रद्धालु बसों में अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं इस दौरान जगह जगह राम रामशिलाओं का फूलमाला से स्वागत किया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए मंत्री राजपूत 2 सितंबर को अयोध्या पहुंचेंगे रामशिलाए तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई थी घर घर करीब एक सवा महीने का समय लगा और सबका तय हुआ था रामशिलाए तो तो लोगों की श्रद्धा और भक्ति के अनुरूप इनको हम ले जाकर सारे साथियों के साथ अयोध्या में जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां सौंपेंगे आज मुझे खुशी है कि हम अपने भक्तों के साथ हमारे श्रद्धालु विधानसभा के साथियों के साथ जो करीब चार सौ अनुपात में है छह बसें करीब हैं गाड़ियां हैं सब लोग साथ यहां से जा रहे हैं और वहां के ट्रस्टी चंपतराजी से बात हुई है उन्होंने समय दिया है मुख्यमंत्री जी से मैंने समय लिया है तो हम सब लोग यहां से निकलेंगे और एक तारीख को सुबह पहुंचेंगे, एक तारीख के दर्शन के बाद दो तारीख को हम राम से लाए वहाँ मंदिर में और जो भी के रूप में धनराशि जाएगी वो भी वहाँ चढ़ाएंगे और सब लोग वहाँ राम को मंदिर निर्माण में क्योंकि हम बेस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज दू बिशन सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन